भोपाल की महापौर मालती राय हेल्पलाइन का निरीक्षण करने स्मार्ट सिटी पहुंची, जहां उन्होंने शिकायतकर्ताओं उन से बातचीत की लेकिन इस दौरान मालती राय अपने ही विभाग की पोल खोलती नजर आई महापौर मालती राय ने कबूल कर लिया है कि नगर निगम में काम नहीं हो पा रहे हैं। नगर निगम न तो अतिक्रमण हटा पा रहा है और न ही पैसे लेकर निगम की सुविधाएं दे रहा है दरअसल महापौर हेल्पलाइन का निरीक्षण करने स्मार्ट सिटी पहुँची जहाँ हेमलता सोनिया नाम की शिकायतकर्ता ने सीवेज की शिकायत की जिस पर उन्होंने अधिकारी से कहा कि पैसा लेकर भी निगम कनेक्शन नहीं दे पा रहा है निगम अतिक्रमण नहीं हटा पाता है शर्म वाली बात है महापौर ने कहा कम से कम जो लोग पैसा जमा कर रहे हैं उनके काम तो किए जाए या नगर निगम वो भी नहीं कर पा रही है आ, एक तारीख को हमने महापौर हेल्पलाइन शुरू की थी दो तारीख से कम्प्लेन आना शुरू हुई थी और आज सात तारीख तक फोर्टी सिक्स आई है और फोर्टी में से केवल दस कम्प्लेन ऐसी है जो अभी आ, क्लियर नहीं हो पाई है वो भी 24 घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगी वो कंप्लेंट जो है वो कल की और आज सुबह सुबह की है और निश्चित ही जनता से भी मेरी बात हुई जिन लोगों की कंप्लेंट थी तो वो संतुष्ट है कि नहीं है और इससे उनको फायदा मिला है कि नहीं मिला महापुर हेल्पलाइन से तो इस संबंध में मैंने वहां पर बात की जिनकी कम्प्लेन्ट क्लियर हो गई है और जिसकी कंप्लेंट क्लियर नहीं हुई है तो वो अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वो 24 घंटे के अंदर और उन समस्याओं का समाधान करें उनको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि इतने दिन के अंदर कुछ समस्याएं ऐसी आएंगी जिनको हम 24 घंटे के अंदर भी कर सकते हैं कुछ समस्याएं है ऐसी आएंगी जिनको हम एक दो दिन का भी टाइम दे सकते हैं लेकिन समस्याओं का समाधान करना प्राथमिकता है कितने जल्दी समस्या का समाधान हो सके ये हम प्रयास करेंगे और अधिकारियों को भी यही निर्देशित करेंगे की छोटी समस्या है तो उसे हम तत्काल समस्या का समाधान करें और बड़ी समस्या है कि बजट की समस्या है तो उस समस्या को भी हम जल्दी कैसे निराकरण कर सकते हैं उस पर हम ध्यान जगह की समस्या ऐसी आई है कि पड़ोस वाले का पाइपलाइन टूटा हुआ है सीवेज का उनका पानी हमारे घर में आ रहा है कुछ समस्या ऐसी आई है कि सामने वाले ने अपने घर के सामने पेड़ लगाकर क्यारी बना ली है हमारी गाड़ी निकालने में परेशानी होती है कुछ समस्या ऐसी भी आई है की सीवेज का पानी बहरा है वो नाली की समस्या आई है कुछ समस्या ऐसी भी आई है कि हमने सीवेज का पैसा जमा कर दिया है मगर हमारा सीवेज का कनेक्शन नहीं हुआ है वो नगर निगम की गलती है नगर निगम को सीवेज का कनेक्शन तत्काल करना चाहिए उस पर अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई है कि इतना लेट नहीं करना वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं